सिंगरौली में संत रविदास जी की जयंती पर बड़ा समारोह आयोजित किया गया जहां भाजपा विधायक प्रशासनिक अधिकारी और आम लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे संत रविदास जी की जयंती कलेक्टर परिसर में मनाई गई इस मौके पर सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य विधायक सुभाष रामचरित वर्मा सहित कलेक्टर राजीव रंजन मीणा और प्रशासनिक अमला मौजूद रहा कार्यक्रम की शुरुआत रविदास जी की मूर्ति पर फूल और माला चढ़ाकर की गयी रविदास जयंती कार्यक्रम को लेकर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 आपके हक आप देख रहे हैं दखल न्यूज